नजरे बे दे कले मुझी शरण में तेरी आयाम नजर बे एक कलें मुझी को शरण में तेरी आयाम शरण में तेरियाया हूँ शरण मै तेरियायाँ शरण तेरी तेरियाया हूँ शरण मै तेरिया बंधु सहायक नहीं है मेरा कोई माँ पिता बंधु सहायक नहीं है मेरा काम दे दुश्मन से बहुत दिन सताया हूँ नजरे भरे देख ले मुझको शरण में तेरी आया याद तेरे भुला कर याद मैं तेरी पलादुनि यहाँ के चर कर में भुला कर मैं याद तेरी बड़ा दुल यहाँ के चल कर में माय के जाल में माय के जाल में चारों तरफ से मैं पताया मुझको शरण में तेरी आया कर्म में सब नीच है मेरा तुम्हारा नाम पावन है कर्म में सब नीचे है मेरा तुम्हारा नाम पावन है तारे सन सार सागर से सार साल घर से गहने जले मैं डूबाया नजर पर देख ले मुझको सर जन्म बंधने से चरण में रख लो अपने छुड़ा कर जन बंधने से चरण में रख लो अपने बर्मानंद मन में अपने यही तेरी याहू शरण में तेरी आया हूँ नजर बर दे कल मुझको शरण में तेरी आया हूँ